तो आपको भी ज्यादा लाइक ज्यादा व्यूज ज्यादा सब्सक्राइबर चाहिए और इस तरह आपका भी ग्राफ इंडेक्स ग्रो करने वाला है आपके YouTube का ये वीडियो देखने के बाद तो आपको क्या करना है मेरी वीडियो पूरी देखनी है तो चलिए शुरू करते हैं इस शॉर्ट इंट्रो के बाद अच्छा दोस्तों आपका भी एक यूट्यूब चैनल है आपने बहुत टाइम से यूट्यूब चैनल बनाया है डालते रहते हैं लेकिन वो ग्रो नहीं करता तो देखिए अगर आपका गेमिंग का चैनल है और हम गेमिंग के चैनल में अगर वीडियोस देखें अगर चैनल देखें तो कितने सारे चैनल हैं ये हमारे पास टोटल चैनल आ गए कितने ही चैनल हैं अगर देखें है, तो हमारे पास मिलियन मिलियन ये थाउजेंड तो कितना कंपटीशन पड़ा है तो गेमिंग तो छोड़िए अगर आप टेक टेक तो बहुत ही जब से टेक्निकल गुरु का फेमस है उसके पीछे पीछे बहुत सारे फेमस हुए हैं अगर हम चैनल की बात करें तो देखिए सारे है, million, million, million है, तो कितने सारे चैनल हैं ये मिलियन मिलियन सारी मिलियन में तो आपका चैनल कैसे ग्रो कर जाएगा ये देखिए कितने सारे चैनल हैं ठीक है अगर आप टैग नहीं है गेमिंग नहीं है अगर व्लॉगिंग कर रहे हैं व्लॉगिंग में अच्छा स्कोप है लेकिन देखिए कितने सारे इतने चैनल हैं कि आपका ग्रो करना कैसे पॉसिबल है जबकि आपके बहुत कम सब्सक्राइबर हैं बहुत कम क्यूज हैं तो आज हम लेके आए हैं एक स्पेशल वीडियो जो खास आप भी है, आपको करना क्या है आपको मेरे चैनल पे जाना है मेरी वीडियो के नीचे मेरा चैनल का आइकन आ रहा है उस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक वेबसाइट आ रही है और यहाँ पे एक सब्सक्राइबर बटन आ रहा है तो आप करना क्या है इस बटन पे क्लिक करना है इस बटन पे क्लिक करने के बाद ही आपको यहाँ पर ऐसे इंटरफेरेंस आ जाएगा आपको सब्सक्राइब कर लेना है पहले तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसके बाद एक वेबसाइट का बटन दबाना है वेबसाइट के जैसे बटन दबाएंगे तो मेरी वेबसाइट पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे ये मेरी वेबसाइट है आपको मेरी वेबसाइट पे आके क्लिक करना है इधर यहाँ पे जाने का ब्लॉग ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद आपको ब्लॉग पेज जा आ जाएगा ब्लॉग पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा ग्रो यूट्यूब चैनल फॉर्म यहाँ पर हमारे पास ही हमने फॉर्म क्रिएट किया है आपको इस फॉर्म पर क्लिक, क्लिक करना है तो जैसे आप इस फॉर्म पर क्लिक कर लेंगे आपको ये फॉर्म दिखाई देगा यहाँ लिखा हमने ग्रो यूट्यूब चैनल फॉर्म फिल द बिलो फॉर्म टू बूस्ट योर चैनल एंड गेट रेडी टू ग्रो योर चैनल तो यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगी आपको ये लिंक पे क्लिक करना है मैंने लिखा भी यहाँ पे क्लिक किया तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक कर लेंगे तो तरह फॉर्म में रेडायरेक्ट हो जाएंगे और ये फॉर्म है ये फॉर्म आपको फिल ज़रूर करना है और करेक्टली फॉर्म भरी ये सारी इंफॉर्मेशन मैं चेक करूँगा और इस्पेशल ऑफर है जो भाई सबसे पहले आ जाएंगे जो पहले पाँच आएंगे उनका फ्री प्रमोशन है ये वो प्रमोशन नहीं जो कहते हैं हाँ आप भी सपोर्ट करें हम भी सपोर्ट करेंगे तो फेजबुक ऐसे कितने ग्रुप हैं पागल हो जाएंगे ऐसे आप। आपको करना क्या है आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो लोग देख लो भाई मैंने अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अभी तक नहीं अपलोड किया कुछ नहीं है और मैंने ही बनाया था अपने चैनल में दिखा देते हैं मैंने चैनल अपना ये बनाया है जो आएंगे सात मई दो अभी कुछ दिन पहले ही बनाए तो आपको ये ना लगे कि भाई का अभी कितना पुराना चैनल है और हमें बता रहा है बिल्कुल नया चैनल है इसको भी ग्रो करेंगे आपके चैनल को भी ग्रो करेंगे 100% आपको करना है। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है जो फॉर्म फिल कर देंगे मेरे पास सारी डिटेल आ जाएगी जो पहले पाँच बंदे फॉर्म फिलअप कर देंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भाई देखो आज क्या होता है बंदे बोलते हैं आप भी साथ दो तो, हम भी साथ यही बोलते हैं फ़ेसबुक पे कितने सारे ग्रुप हैं मैं बंदों को दिखाना नहीं चाहता कितने सारे चैनल हैं यहाँ पे जो बोलते हैं आप भी साथ दो हम भी साथ देंगे चैनल ग्रुप करेंगे उनने ऐसे करके कुछ बंदों को कर दिया लेकिन सब तो नहीं किया तो जो पहले पाँच देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट है बाकी जो फर्स्ट फिफ्टीन आ जाएंगे पांच के बाद उनके लिए थर्टी रुपीस है जो उसके बाद आएंगे ट्वेंटी लोग हो गए हैं हम 50 के लिए सेलेक्ट करें बाकी जो 30 आएँगी उनके लिए फोर्टी रुपीज़ है और सब के लिए 50 रुपीज़ है दोस्तों सुनो फिफ्टी रुपीज़ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है लेकिन अगर आप इंडिविजुअली मैं कहूँगा आप मैं खुद ही प्रमोशन कर लेता हूँ तो आप कितने खर्च करेंगे हजारों खर्च कर देंगे जब आपकी प्रोमोशन होगा आपको जस्ट फिफ्टीन करना है और आपका इंडिविजुअल का चैनल हम प्रमोट करेंगे एड के थ्रू कोई नकली नहीं कर रहे गूगल एड आपको जस्ट फिफ्टी तो काइज आपकी गूगल एड्स के लिए आपकी यूट्यूब के चैनल ग्रो करने के लिए हम एड्स लगाएंगे सिर्फ फिफ्टी रुपीज में आपको करना क्या है डिस्क्रिप्शन में जाना है वहाँ पे नंबर डाल रखा है आपको पेटीएम करना है उसके बाद आपको विद इन वन डे में आपको मेल आ जाएगी हम सबका नंबर चेक करेंगे किस नंबर से पेमेंट आई है और उसको मेल पहुँच जाएगी जल्दी करें डू सब्सक्राइब अगर आपको लगता है कि मैं नहीं दे सकता मैं पे नहीं कर सकता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम सब साथ में ग्रो करेंगे हम कम्युनिटी हैं हम दिखाएं, हम एक साथ ग्रो कर रहे क्योंकि बहुत टाइम से कईय के चैनल रुके पड़े हैं कई लोग YouTube यूट्यूब वीडियो बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट डाल रहे हैं टैक्स डाल रहे हैं डिस्क्रिप्शन डाल रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं लेकिन उनका चैनल ग्रो नहीं कर रहा कैसे करेगा भाई इतना कंपटीशन है इतना कंपटीशन है कैसे कर लेगा अगर कोई ब्रांड आ रहा है और उसके पहले से इतनी प्रमोशन प्रमोशन हो चुकी है उसने इतनी मार्केटिंग कैप्चर कर ली है तो आपका कैसे हो जाएगा ग्रो आपको सोचना पड़ेगा ना और जो बंदा बोल रहा है कि हम भी ग्रो करेंगे आप भी ग्रो करो ऐसा नहीं होता भाई ऐसा होने लगा तो बहुत सब पूरी इंडिया का ग्रोच कर जाता सोच रहे ना पता चल रहा है क्योंकि आपका नहीं कर रहा तो मतलब सही कह रहे हैं ना कोई बंदा समझो आप आपको लग रहा है कि भाई पैसे पे बात आ गई आपने पैसों की बात कर दी हम नहीं दे सकते भाई पचास रुपये क्या है पचास रुपये क्या है आप पचास रुपये रोज़ के पचास रुपये तो ऐसे ही खा जाते हो गए भाई रोज़ के नहीं एक हफ्ते के एक हफ्ते के नहीं दस दिन के रोज के पाँच रुपये बचा के डाल नहीं सकते थे एक बार आपका ग्रो कर गया फिर तो आपकी मोनेटाइजेशन ऑन है 50, 50, 50 कितने 50 आ जाएंगे आपको करना क्या है सब्सक्राइब करना है और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना है नेक्स्ट वीडियो में हम लाइव प्रमोशन करेंगे लाइव प्रमोशन ये नहीं कि हाँ हमने हाँ, बोल दिया है कहाँ पैसे गए कुछ पता नहीं लाइव प्रमोशन करेंगे लाइव प्रमोशन में हम लाइव वीडियो डालेंगे अगर हमारा लाइव अगर उनने कर दिया लेकिन हम कोशिश पूरी करेंगे उनने लाइव एलिजिबल करने की अभी हमने कोई भी वीडियो डालेंगे कुछ भी नहीं डाला हम सब कुछ तैयार कर लेंगे मत मक्के आपको क्या करना है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है